जी ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है देहटी फलासी मदनपुर रोड है उसी दहटी फलासी मदनपुर रोड के बीच में दहती चौक जो है उसी चौक पर ये पानी भरा हुआ है दहती चौक में देहटी बोला जाता है तो आप देख सकते हैं किस कदर पानी भरा हुआ है और बच्चे को नहा रहे हैं तो आठ साल दस साल के बच्चे भी पे तैरने के लिए अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए नहा रहे हैं और गाँव देहा है इसलिए दिक्कत नहीं है आप देख सकते हैं किसी कदर बार पानी इस बार पानी में कितना तो नुकसान होता होगा आप देख सकते हैं तो और वीडियो में देख भी सकते हैं आप और बच्चे सब कुछ रोड पर भी खड़े हुए हैं और कुछ मार ही रहे हैं लेकिन मैं आपको एक बार एड्रेस बता देता हूँ देहट क्लासी मदनपुर रोडी मिक वहीं पर ये पानी आया